तो गाइज इस वीडियो में हमारी हफ्ते भर की मेहनत पूरी कंप्लीट होने वाली है क्योंकि भाई कसम से एक हार्डकोर प्लेयर ही समझ सकता है कि जब कोई बंदा कंप्लीट करता है तो मैंने कंप्लीट कर लिया एक फुल नेत राइट बीकन इसमें अगर तुम गलती से भी मर जाते तो जा भी सकते हो एंड बच गए थे तो मेरा लक होता है एंड बहुत से हार्ड कार प्लेयर कर भी नहीं पाते हैं एंड इसको मैंने करते करते भाई लिटरली भाई पूरी रातें लगा दी है पूरे दिन पूरे गायब कर दिए भाई बीमार पड़ गया बैंड अब बट ये पूरा कम्प्लीट कर दिया एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास इतना सारा डेबरीज है तो मुझे भी थोड़ा बहुत और लगभग चाहिए चाहिए क्योंकि मुझे कुछ 164 कुछ ब्लॉक्स चाहिए एंड मेरे पास इतना कुछ है एंड चलो गाई अभी फटाफट से मैं माइनिंग के लिए आया हूँ एंड माइनिंग के आते आते मेरे साथ ये हादसा हो जाता है आप लोग खुद ही देखो तो गाइज अभी अभी मेरा एक टोटम भी वेस्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलाइट्रा तब से मैंने इलाइटरा जब भी नदर में घुसता हूँ तो उससे पहले ही चेंज कर लेता हूँ क्योंकि तुमको मालूम है अगर गलती से भी थोड़ा सा मर गया तो भाई हार्ड कॉर एंड इतने सारे नेथराइट के ब्लॉक जो मैं माइन कर रहा हूँ सब चला जाएगा और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा तो फटाफट सब गाइज मैंने थोड़ा बहुत माइन कर लेते एंड और फिर मैं अपने टी निकालने जा ही रहा था तो फिर मैं फटाफट से टनल बना लेता हूँ जिससे मैं मस्त पहले एक टनल बना के मस्त फोड़ दूंगा एंड गाइज तुमको बता दूँ मैं पहले ही कि अगर तुमको कुछ भी प्रूफ व्रूफ चाहिए कि मैंने कैसे किया कितनाइन किया कहाँ माइन किया तो तुम तो लोग जाके मेरी लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हो एक घंटे की लाइव स्ट्रीम है रूटर पे तीन तीन या चार होंगी एंड बाकी की स्ट्रीम्स तुम यूट्यूपे पे भी देख सकते हो डूटर के लिए तुम लिंक ले लेना मैं डिस्काउंट में तुम आ सकते हो वहाँ से एंड अगर तुमको ज्यादा ही पर्सनड देखना है तो बता देना मैं डिस्काउंट में आ जाऊंगा तो मैं पूरा दिखा दूंगा स्ट्रेट्रिक्स वगैरह वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले तो मैंने टी निकाल ली थोड़े बहुत जितने भी मुझे चाहिए थे तो फटाफट सब अपने अंदर ले लेते हैं अब टी में फटाफट से लगाना चालू कर देता हूँ और सिनेमैटिक्स चाहिए क्या देखो गाइज मैं डाल देता था सिनेमेटिक्स बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा जो फाइल था वो क्रैश हो जाता है एंड वो लोड ही नहीं होता है बस खाली ब्लैक स्क्रीन आता है इसी के कारण वो सिनेमैटिक नहीं हो लेकिन लेकिन लेकिन गाइज देखो तुमको मालूम है कि हम रीशूट भी कर सकते हैं गाइस री सूट नाम की कोई चीज़ होती है मैंने जब तुम सोचो मैंने फाइव फाइव प्लस डैबरीज माइन की हैं, वो भी टी एन टी ब्लास्ट करके सोचो अगर मैं इसको तुम्हें दिखा दिया ना गाइस तुम लोग पगला जाओगे गाइज उसके लिए मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा फ़िलहाल तो देखो अभी मैंने जितने भी आ, जितने भी एंशन डैबरीज होते हैं उन सबको वो फरनेस में डाल दिया है वो थोड़ा स्मेल्ट हो रहे हैं एंड साइडीज अभी स्मेल्ट हो चुकी है कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं netherite blocks में और guys literally guys मैं इसी तरह से अब बन चुका हूँ India का top second बंदा जो netherite का बिकन बना रहा है एंड world का eighth बंदा जो netherite का बिकन बना रहा है <laughs>